आचार्य चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है चाणक्य ने जीवन और राजनीति पर कई सबक दिए जिन्होंने पीढ़ियों से पीढ़ियों तक मार्गदर्शन भी किया है आज हम चाणक्य नीति के जो पांच महत्वपूर्ण सबक हैं वो देखते हैं हमारा पहला सबक है शिक्षा सबसे अच्छी दोस्त है जो व्यक्ति शिक्षा से पोषित नहीं होता वह समाज से सम्मान प्राप्त करने में विफल रहता है नंबर दो विनम्रता आत्मसंयम का मूल है विनम्र होने से आपको आत्मनियंत्रण की भावना विकसित करने में भी मदद मिलती है यह आत्मनियंत्रण ही है जो लोगों को जीवन में उनके लक्ष्य की ओर धकेलता रहता है नंबर तीन किसी भी व्यक्ति से जरूरत से ज़्यादा न जुड़ें लगाव लोगों को तबाह कर देता है चाहे वह किसी से भी हो अपना दुश्मन बनाने में लगाव सहायता करता है फिर वह दोस्ती से दुश्मनी होते ही आपके जड़ पर प्रहार करता है नंबर चार कुछ नया सीखने का हर मौका पकड़ो इस दुनिया में सभी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है बस आपको अपने आसपास चौकस रहने की ज़रूरत है नंबर पाँच दूसरों की गलतियों से सीखें जीवन बहुत छोटा है अगर खुद गलतियाँ करोगे तो यह जल्दी ही खत्म हो जाएगा दूसरों को देखो इसने क्या किया और इसका क्या परिणाम हुआ इससे आपको अपना विश्लेषण करने में आसानी होगी तो आपको यह वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा